हम जा रहे हैं सरकारी ड्रॉप पे तीन चार किल तो इजीली तुम्हारा भाई निकाल लेगा वहाँ पे बस देखते जाओ तुम आज पहला किल तो ये मेरे अकाउंट में आ गया अरे मर जा अरे मर जा इसकी माँ का प्राण